अरे ठीक ऊपर रहा उपर कड़ी रहा अरे ठीक ऊपर यार मैं राम तू तेरा काम लाग नहीं यार <laughs> अरे बेटा थी दिया आओ हाँ बात तो। अरे राकेश बाजार जाओ तो मैंने क्या पूजो सामान लानु है मैं। के के आ जा आ जा गया। राकेश भाई जी हाँ कल बाजार जाओ बताया बापू कर लिया मैंने तो हाँ नी कल मैं मकान बनावा नया नीम रखी है अच्छा पूजा पाठ तो सामान लेना है आए, काम कर तू यार मने बात बताओ नही इतनी देर नालियो मैंने पकड़ा दे पकड़ाई बात ना करे बहुत सामान लेना है अच्छा पूजा पाठ को समान लेना नीम रखोगे माला कौनी के? माला दियो। माला माला के दियो क्या पाथ में में सामान यार का या चालू कर रखे लागे माला कौन नहीं पड़े थाने दोनों माड़ा फेरनी पड़ती राकेश भाई जी यार थाने को के, दियो। फेर पकड़ लियो मैंगत है तो मैं तो सामान भाई जी हाँ शिमला गया घूम तो मान ही लेजिए अभी टाइम मेरा कौन दिमाग कमाई आ रही थी मैं गोरी कौन करी अचानक मुड बनाया तो अब क्यों गयो? अब आपने काम करेडो खेत बाबू और तू जाइयो अब जाइयो तो ना तो मैं मैं जाना ना अरे यार बात तो मैं बता ये बात है। अठू पहली आ है थे देवा यारेगा बिल्यू फिर आगे रहो फिर आगे शिमलोम शिमल नालियों तो सामीओ तेरू बी सिमला यार हदगी दिया। मैं आप तेरी पूजा करता लगा मेरा बापू आ गया बप्पू आ गया मेरे खात चिजी ले है मेरे बप्पू मैं तेरी पूजा बापू मई आओा करो बापू बाकी पिछले एक मिनट यार मैं काढ़ देख रामा मैं सोरो बड़ो राजी र कितने क्या खतरे थे दीघा कार्ड पूरे घर में डेरा डेरा कर दिया थे। एक मिनट हो गया वो जट कटा ले रहे बट दूंगा ना आज। <laughs>